छे ओ हम हम सताए तो बात है है है मैं कशी बदल है। मैं बदलती बदलती निकलते निकलते हैं हैं साथ साथ चलती जब नजर से शराब ढलती है जब नजर से शराब ठलती है।, है क्या कयाम क्या है उनकी अंगड़ाई, क्या कयाम हर है अंगड़ाई, अंगराई किसके गोया कमान